भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो के लोकप्रिय सांसद विष्णु दत्त शर्मा जी के सिंगरौली आगमन पर स्वागत वंदन अभिनंदन निवेदक रामलल्लू बैस विधायक सिंगरौली